डीके हेल्पिंग एवरीवन वन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग के द्वारा एक बहुत बड़ी अपडेट जो निकल के आ रही है जिसमें कहा गया है वैसे शिक्षक जो अपना शैक्षणिक जो दस्तावेज है वे जमा नहीं कराते हैं तो उनकी नौकरी चली जाएगी वे कौन से शिक्षक हैं और उनसे कब से डिमांड की जा रही है ये बहुत बड़ी अपडेट है तो सबसे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि इसे संबंधित वीडियो और सूचना का जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक सीधे पहुंचे तो शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो तो यहाँ देख सकते हैं दिया गया है बीस जुलाई तक दस्तावेज जमा कराए नहीं तो जाएगी नौकरी यहाँ देख सकते हैं पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों की ओर से नियोजित शिक्षक अब यहाँ स्पष्ट किया गया है पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकाय की ओर से नियोजित जो नियोजित शिक्षक हैं अगर 20 जुलाई तक अपने शैक्षणिक दस्तावेज जमा नहीं कराते हैं तो उनकी नौकरी चली जाएगी यह स्पष्ट किया गया है कि वैसे नियोजित शिक्षक जो संस पंचायती राज संस्थाओं नगर निगमों की ओर से नियोजित शिक्षक अगर 20 जुलाई तक अपने शैक्षणिक दस्तावेज जमा नहीं कराते हैं तो उनकी नौकरी चली जाएगी ऐसे शिक्षकों की संख्या सवा लाख के करीब है देख सकते हैं यहाँ पर यह बहुत बड़ी अपडेट है सवा लाख के करीब है और ऐसे शिक्षक की संख्या सा के करीब है उनसे दस्तावेज की मांग 2016 से की जा रही है शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने गुरुवार को कहा कि उन शिक्षकों के लिए यह आखिरी मौका है यानी गुरुवार को कहा कि उन शिक्षकों के लिए आखिरी मौका है अगर निर्धारित तारीख तक जरूरी दस्तावेज जमा नहीं हुए तो सरकार नियमानुकूल निर्णय लेंगे निर्णय लेगी मालूम हो कि 2006-15 के बीच पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों की ओर से बड़े पैमाने पर शिक्षकों का नियोजन हुआ था यह देख सकते हैं स्पष्ट किया गया था आपके पंचायत में आपके नगर निकायों में जो नियोजित किए गए थे शिक्षक वे बड़े पैमाने पर किए गए थे बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगे यह भी अयोग्य लोगों को शिक्षक बना दिया गया यह भी कि आयोग लोगों शिक्षक बना दिया गया प्रमाण पत्रों की हेराफेरी का मामला हाई कोर्ट में गया यानी जो सर्टिफिकेट होते हैं उनका मामला हाई कोर्ट गया था हाई कोर्ट ने निगरानी विभाग को जांच का आदेश दिया यानी हाई कोर्ट ने जो निगरानी विभाग होता है उसे जांच का आदेश दिया था तभी से जांच शुरू हो गई है चौधरी के मुताबिक उस अवधि में करीब पौने चार लाख शिक्षक नियोजित हुए थे पाँच साल बीत जाने के बाद भी अगर भी करीब ढाई लाख शिक्षकों के शैक्षणिक दस्तावेज़ उनके फोल्डर में जमा हो पाए यानी पाँच साल बीत जाने के बाद ढाई लाख ऐसे शिक्षक हैं जिनके शैक्षणिक दस्तावेज उनको फोल्डर में जमा पाए गए तो ये बहुत बड़ी अपडेट कही जाएगी शिक्षा विभाग के द्वारा धन्यवाद